नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ आ रही है कि इसराइल और पैलेस्टीन में फिर से एक वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है वहाँ पर एरिया काफ़ी टेंस है तो ऐसे जो सिचुएशन से इसराइल और पैलस्टीन में काफ़ी बार हो चुका है इससे पहले वो तीन लार्ज स्केल की वॉर लड़ चुके हैं तो ऐसा क्यों है कि इसराइल और फलस्टीन आपस में लड़ते रहते हैं कि उनका वहाँ का पोलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है जोग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है तो ये कुछ उसमें रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वहाँ पे एक अनस्टेबिलिटी रहती है कभी भी वहाँ पे एरिया स्टेबल नहीं रहता है तो आज की वीडियो में सिर्फ वही जानेंगे कि वहाँ पे ऐसा क्या स्ट्रक्चर है क्या वहाँ पर इसराइल की हिस्ट्री रही है जिसकी वजह से ये सारे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम जानते हैं कि इसमें कि इस... इसराइल की हिस्ट्री क्या है हम पहले इसराइल की पूरी स्टार्टिंग से हिस्ट्री जानते हैं ऑटोमन एम्पायर से लेके आज तक की प्रेजेंट कंडीशन क्या है पहले हम वो जानते हैं तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड मैप पे इसराइल की लोकेशन क्या है ये हमारा वर्ल्ड मैप है और यहाँ पर मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में मिडल ईस्ट कंट्रीज में यहाँ पर एक छोटा सा देश है इसराइल देश है इसका ए, इन मैप ये है इसके इस तरफ इजिप्ट कंट्री है इधर जॉर्डन है नीचे की तरफ सऊदी अरेबिया ऊपर से सीरिया और लेबनान के साथ है ये इसराइल में दो छोटे छोटे टेरेटरीज और हैं मतलब इसराइल में है इसी के लिए तो कॉन्फ्लिक्ट पूरा ये गाजा स्ट्रिप ये गाजा स्ट्रिप इसराइल की टेरेटरी इजरायली से अपना टेरेटरी मानता है गाज़ा मानता है कि ये एक इंडिपेंडेंट टेरेट्री है और साथ ही में यहाँ पर एक वेस्ट बैंक है तो ये भी एक टेरिटरी है जो इसराइल मानता है कि ये हमारे कंट्री के अंदर टेरिटरी है लेकिन वेस्ट बैंक कहता है कि हम एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी है तो ये ऐसा क्यों हुआ इसी के आ, बारे में जानते हैं आज तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये इसराइल है इसराइल में इस सबसे बड़ी सिटी जो सबसे पॉपुलर सिटी है वो है येसलम तो यूसलम एक जो सिटी है बहुत काफ़ी रिलीजियस साइट है इसमें तीन रिलीजन का साइट है इसमें जूस क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों रिलिजन के काफ़ी एक हॉली साइट है तो जेरूशलम काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है हमें इजराइल की हिस्ट्री में पढ़ने के लिए इजराइल की हिस्ट्री जानने से पहले हमें एक जैरूशलम की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी कि ऐसा येसलम में क्या है तो येशलम एक तीनों कंट्री का जंक्शन है जहाँ पर जूस क्रिस्टी और इस्लाम तीनों आके मर्ज होते हैं और ये तीनों रिलीजन एक सिंगल प्लेस पर है उस सिंगल प्लेस का हम नाम है इंग्लिश में टेंपल माउंट इंग्लिश में उस सिंपल एक प्लेस को टेंपल माउंट कहते हैं हरम अल शरीफ इसे इस्लाम में कहते हैं हर हवियात इसे हिब्रू में कहते हैं ये मतलब उनकी रिलीजियस लैंग्वेज में कहते हैं लेकिन इंग्लिश में इसे टेंपल माउंट के नाम से ही जाना जाता है ये एक टेंपल माउंट एक कंपाउंड है उसके अंदर ये द डोम ऑफ द रॉक ये एक रिलीजियस बिल्डिंग है जो टेम्पल माउंट के अंदर है और ये एक अल मॉस्क है उसी के अंदर और उस कंपाउंड के बाहर एक वेलिंग है है वेलिंग है जो जूस की एक है वेलिंग रिलीजियसिंग जुइस की है। तो ये एक मैप है टेंपल माउंट का टेंपल माउंट एक शहर में एक थोड़े से हाइट पर सिचुएटेड है ये 35 एकड़ की लैंड है ये पूरा एक वैक्टेगुलर कंपाउंड है तो इस कंपाउंड के बीच में यह है द डोम ऑफ द रॉक ये इस्लामिक स्ट्रक्चर है ये मतलब इस्लामिक का काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है और ये वाली बिल्डिंग है अल अक्सा मॉस्क ये भी एक इस्लामिक स्ट्रक्चर है और इसके वेस्टर्न साइड में इस कंपाउंड के वेस्टर्न साइड में ये जो वॉल है इसको ये वाली वॉल पूरी ये वेस्टर्न वॉल है या फिर इसे वेलिंग वॉल बोलते हैं यहाँ पर जो जविस हैं यानी जुविस को हिंदी में यहूदी यहूदी यहाँ पर आ अपनी पूजा करते हैं और इस वेलिंग वॉल पर रोते हैं वो लोग ये उनकी मान्यता है तो ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर है टेंपल माउंट का यहीं पे इसी सिटी में क्रिश्चियनिटी का भी आ, कुछ बिलीव्स हैं तो क्या है वो बिलीव्स अभी हम एक एक करके उनके बारे में जान लेते हैं तो ये चर्चिज़ हैं तो इस सिटी में तीनों चीज़ आपको देखने को मिलेंगी जिस्के टेम्पल्स भी क्रिस्चैनिटी के लिए चर्चिज़ भी और इस्लाम के लिए मस्जिद भी मतलब तीनों चीज़ें इस सिटी में हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ज्यूस की फेथ है ओवर द टेंपल माउंट वो क्या है ज्यूस ऐसा क्यों वो फेथ रखते हैं उसमें तो ज्यूस के रिलीजन में ना दो बिलीव्स हैं ज्यूस टेंपल माउंट को लेके सबसे पहला बिलीव तो ये कहता है कि जो गॉड ने सबसे पहले जो ह्यूमन क्रिएट किया था एडम उसको यहीं से किया था इसी प्लेस से एडम को क्रिएट किया था इसी प्लेस की जो मिट्टी को लेकर उन्होंने इसी प्लेस से उस एडम को क्रिएट किया था तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है उनके लिए टेम्पल माउंट और दूसरा बिलीव ये कहता है कि जब में एक प्रॉफिट थे अब्राहम तो अब्राहिम के दो दो बेटे हुए एक का नाम हुआ इस्माइल और एक का नाम हुआ इजाक तो एक बार गॉड ने अब्राहम से अपने बेटे की बलि मांगी तो उन्होंने कहा कि हम उन्होंने एक प्लेस बताई कि उस प्लेस पर आना और उस प्लेस पर आने पर तुम्हें अपनी बेटी की बलि देनी होगी इब्राहिम ने कहा इब्राहिम को कहा गॉड ने तो इब्राहिम अपने बेटे इज़ाक को लेके कर वहाँ पर उस जगह पर पहुँचा एक्चुअली वो जगह टेंपल माउंट ही है ऐसा वो मानते हैं कि ये टेंपल माउंट जगह ही है जहाँ पर गॉड ने इब्राहिम को बुलाया था अपने बेटे की बलि के लिए तो जब इब्राहिम अपने बेटे की बली के लिए एग्री हो गया तो गॉड ने एक एंजल भेजा इज़ाक को और वहाँ पे उन्होंने बली को रोक दिया वो एक एंजल एक भेड़ को लेके आए थे और उन्होंने ईजाक के बदले भेड़ की बली बली दी और ये एक इतना पूरा जो इंसिडेंट है वो टेंपल माउंट के ही एरिया में प्लेस हुआ था इसीलिए 1000 थाउजेंड में किंग सोलेमन ने यहाँ पर एक ग्रैंड टेंपल बनाया और उसको कहा द फर्स्ट टेम्पल इसी इसी के लिए वहाँ पर फर्स्ट टेंपल बनाया था किंग किंग किंगलेमन ने यहाँ पे फर्स्ट टेंपल बनाया लेकिन बाद में वो सिविलाइजेशन में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया फर्स्ट टेंपल को आगे चल के पाँच सेंचुरी बाद यानी कि 516 बीसी में जूस ने दोबारा एक और टेंपल बनाया इसी प्लेस पर उसको नाम दिया गया उन्होंने से, सेकेंड टेम्पल तो जो सेकेंड टेम्पल था वो जूस के लिए काफी होली प्लेस था उन्हों, उन्होंने कहा इसे होली ऑफ दी होली मतलब पवित्र से भी ज्यादा पवित्र तो वहाँ पे आम आदमी को जाने के अलाउड नहीं था जो नॉर्मल जूस थे वो सिर्फ़ जो ऊपर बड़े बड़े प्रीस्ट होते हैं वही जाके अंदर अंदर एंट्र कर सकते हैं वहाँ पर उनकी पूजा कर सकते हैं ये सेकेंड टेंपल था करीब छः सौ साल तक ये रहा इसके बाद सेवेंटी में आ, इसको रोमन ने तोड़ दिया सेवेंटीज़ में इसको रो, रोमन ने तोड़ दिया तो वो जो टेम्पल था उसकी एक वॉल आज भी प्रजेंट है वहाँ पर वही वो वोल्ड वेस्टर्न वोल्ड है ये जो हमने इमेज देखी थी तो ये जो वोल्ड है जिसको हम वेस्टर्न वोल्ड कहते हैं ये एक्चुअली उसी सेकंड टेंपल का एक हिस्सा है तो इसी को वो अपने पूजा करने की जगह मानते हैं जोइ यहूदी तो ये तो हुई यहूदी की फेथ ओवर द टेंपल माउंट लेकिन अगर अब इस्लामिक फेथ की बात करें तो इस्लाम में ऐसा कहा गया है कि ये मक्का और मदीना के बाद ये तीसरी सबसे ज्यादा पवित्र स्थान है इसको हरमल शरीफ कहा गया है और ये पैंतीस एकड़ में जेरूसलम में है इसके अकॉर्डिंगली एक एक ना शिक्ष, की एक रात रात 1621 की में प्रॉफ़िट मोहम्मद आए मक्का से अपने एक उड़ते हुए घोड़े पर और वहां से उन्होंने जन्नत का रास्ता तय किया और उन्होंने उपदेश दिए तो उनके बिलीव ये कहते हैं कि जिस जगह पर उन्होंने आदि रात में वो आए थे घोड़े पर लेके उन्होंने वहाँ पे एक बहुत बड़ा बाद में एक मस्जिद बनवाया और उस मस्जिद का नाम रखा अल अक्सा मस्जिद अल अक्सा मस्जिद का मतलब हुआ जो कि बहुत दूर है अल अक्सा का मतलब जो कि बहुत दूर है क्योंकि वो काफ़ी दूर था वहाँ से मक्का मदीना वाली सिटी से तो इसी उसका नाम अलक्सा मस्जिद रखवाया गया और जहाँ से जहाँ पर वो आए प्रॉफिट मोहम्मद मक्का से अपने उड़ते हुए उड़ने वाले घोड़े पर जहाँ पर वो रुके पहली बार उन्होंने पैर रखा वहाँ पर उन्होंने अल अक्सा मोस् बनवाया और जहाँ से थोड़ी सी दूर है मतलब वहाँ से उन्होंने जन्नत का रास्ता तय किया वहाँ पर द रॉक द डोम ऑफ द र द डोम ऑफ द र वहाँ पे बनवाया उन्होंने जो इस बिलीव करते हैं कि ये जो मोस्क है और के, ये उनके टेंपल की ज, जमीन पर है इस यहाँ पर पहले उनके टेंपल हुआ करते थे बाद में जब तोड़ दिए गए तो इस जगह पर उन्होंने मुस्लिम्स ने अपने मस्जिद कंस्ट्रक्ट करे तो ये इस इस चीज को लेके इसीलिए टेंपल माउंट को लेकर उन दोनों के, के बीच में बाद विवाद कॉन्फ्लिक रहते हैं कि ये एक्चुअली ये आ, दोनों ही होलिय साइट है लेकिन फिर भी वो दोनों ही अपनी साइट मानते हैं तो ये तो हो गई उनके रिलीजन की बात लेकिन अगर हम इसराइल एज अ कंट्री की बात करें कि इसराइल कंट्री कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्योंकि वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये ये सारे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो इसराइल ऐज आ कंट्री क्या हुआ था स्टार्टिंग में तो इसराइल जो है कि वो आज की यहाँ की लोकेशन में लाइक करता है इसराइल तो ये पूरा ग्रीन एरिया है ये एक ऑटोमन एम्पायर में आता है 1829 का है, पे ये मैप है जहाँ पर ऑटोमन एम्पायर का ही मैप है तो फोटीन सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर स्टार्ट हुआ ये एक टर्क एम्पायर है ये मतलब टर्की कंट्री से यहाँ पे स्टार्ट हुआ और ये पूरे मिडल ईस्ट में उन्होंने फैलना शुरू कर दिया तो 1829 में अगर ये जो एरिया है जहाँ पर आज का इसराइल है इसको पहले पेलेटीन कहा गया मतलब पूरे एरिया को पहले फेलस्टीन कहा गया तो इस पेलेटीन एरिया में तब थ्री परसेंट जूस रहते थे बाकी के मुस्लिम्स और एक छोटे मोटे रिलीजन जो लोग रहते थे वहाँ पर मतलब मेजोरली जो लोग रहते थे वो मुस्लिम लोग रहते थे और सिर्फ तीन परसेंट थ्री परसेंट ही जूस वहाँ पर रहते थे या वो थी सिर्फ तीन परसेंट ही थे वहाँ पर तो ये तो 1829 ट्वेंटी की सिचुएशन है तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग इस चीज़ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई इस चीज़ की स्टार्टिंग हुई मेनली नाइनटीन सेंचुरी सेथ सेंचुरी मतलब एंड ऑफ दाइनटीन सेंचुरी जब उन्नीसवीं सदी जब ख़त्म में यूरोपियन साइड में एक नेशनलिज्म चल रही चल रही थी मतलब जो फ्रेंच और ये जर्मन लोग हैं वो अपना एक सेपरेट कंट्री मांग रहे थे तो यही नेशनलिज्म वेव्स जुइस के अंदर आई उन्होंने भी उन्होंने भी सोचा कि हमें भी हमारी एक नई कंट्री बननी चाहिए तो इसी चीज़ को उन्होंने जैनिज्म एक मूवमेंट कहा जैनिज्म मूवमेंट क्या है कि जब जूस अपने देश दोबारा लौटने लगे वो डिमांड करने लगे कि हमें अपने देश में दोबारा लौटना है तो जितने भी जूस अमेरिक यूरोप में थे तो वो यूरोप से वापस दोबारा अपनी कंट्री आना चाहते थे इसी आने की मूवमेंट को उन्होंने जोइनिज़म मूवमेंट कहा तो वो अब अपनी कंट्री दोबारा आना चाहते थे वो अपनी कंट्री फेलेतीन वाले एरिया को अपनी कंट्री क्लेम करते हैं और वो उसी कंट्री में उसी एरिया में दोबारा आके अपनी याद कंट्री बसाना चाहते हैं तो ये नाइनटीन सेंचुरी के एंड में ये चीज़ें स्टार्ट हुई तो नाइनटीन फोटीन में 1914 में जब वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हुआ तो इंग्लैंड ने ओटोमन एम्पायर पर अटैक कर दिया इंग्लैंड और अदर कंट्रीज़ ने ओटोमन एम्पायर पर अटैक कर दिया और उन्होंने सोचा कि हम इस ओटोमन एम्पायर पर अब अपना शासन करेंगे इस पर राज करेंगे और उन्होंने उस पर अटैक कर दिया तो उन नाइनटीन में पहले 1915 में यूके ने सऊदी अरब को कहा कि तुम हमारा वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर वर्ल वन वर्ल वर्ल में हमें सपोर्ट करो और इसके बदले में जो पेलेस्टीन जो जो पेलेस्टीन में जहाँ पे अरबिक लोग रहते हैं मतलब पेलेस्टीन में पहले अरब लोग रहते थे तो उन्होंने कहा कि अगर तुम हमारा सपोर्ट करोगे तो हम ये सारा पेलस्टीन का एरिया तुम्हें दे देंगे ऐसा यूके ने सऊदी को कहा ताकि वो उन्हें वर्ल्ड वॉर वन में उन्हें सपोर्ट चाहिए थी सऊदी की तो यहाँ पे 1915 में सऊदी को दे दिया ऐसा सऊदी को देने की बात कही यूके ने पैलेस्टीन सऊदी को देने की बात कही 1914 में मतलब सऊदी को कहने से पहले 1914 में एक पी को एग्रीमेंट हुआ स्काई पी को एग्रीमेंट हुआ यूके फ्रांस और रशिया के बीच में इस एग्रीमेंट के तहत तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो जब ऑटोमन एम्पायर पे वो अटैक करेंगे तो ऑटोमन एम्पायर का वो कुछ पार्ट आपस में डिवाइड कर लेंगे उनका डिविजन कुछ इस टाइप से था कि सीरिया और जॉर्डन का जो पार्ट था वो फ्रांस को जाएगा टर्की का जो पार्ट है वो रशिया को जाएगा और पैलेस्टीन जो है वो यूके खुद रख लेगा पहले ये नाइनटीन में इनका इंसिडेंट हुआ था जिसमें एग्रीमेंट में उन्होंने कहा कि पैलेस्टीन यूके को चला जाएगा लेकिन नेक्स्ट ईयर यानी कि 1950 फिफ्टी में पल, यूके कहता है सऊदी को कि पेलेस्टीन तुम रख लेना तो यहां पे सऊदी ने दो लोगों को कह दिया पेलेस्टीन लेने के लिए लेकिन उसी के बाद 1917 में एक बेल्फर डेक्लेन हुआ बेल्फर डेक्लेन में सर लूथर बेल्फर ने एक डिक्लरेशन किया जिसमें पेलेस्टीन यानी कि जूस लोगों को कहा कि तुम्हें एक तुम्हारी कंट्री चाहिए तो हम तुम्हारी कंट्री दिलवाएंगे तो तुम्हारी कंट्री जो पेलेटीन है वो तुम्हारी कंट्री हो जाएगी और वो पेलेस्तन हम तुम्हें दे देंगे तो यहाँ पे यूके ने तीन लोगों को तीन अलग अलग प्रोमिस कर दिए पहले स्टार्टिंग में तो साइप स्काईपिको एग्रीमेंट आग, में ये कह दिया कि पेलस्तीन हम रख लेंगे और बाकी के उधर सऊदी को उन्होंने कह दिया कि हम तुम तुम्हें हमारा सपोर्ट करो और पेलस्तिन हम तुम्हें दे देंगे दे। वहीं यहाँ पे जुइस लोगों को ये कह दिया कि पेलस्तीन हम तुम्हें दे देंगे दे। तो यहाँ पे ही इन्होंने तीन तीन डिफरेंट पार्टीज मतलब ख़ुद को इंक्लूड करके उन्होंने तीन अलग अलग डिफरेंट लोगों को यहाँ पर ये ऐसा बोल दिया कि पेलस्तिन तुम रख लेना नेक्स्ट uh, ईयर जब नाइनटीन में जब वर्ल्ड वॉर वन एंड हुआ तो जूस ने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया वो यूरोप में काफ़ी परेशान थे जूस जो यहूदी लोग थे यूरोप में काफ़ी परेशान थे हिटलर उन पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करता था तो इसीलिए वो अपने कंट्री द्वारा आना चाहते हैं जहाँ पे वो पीसफुली रह सके तो जूस ने यूरोप से माइग्रेट करना शुरू कर दिया और वो अपनी कंट्री जिसे वो पेलस्टीन पेलस्टीन को अपनी कंट्री मानते हैं तो पेलस्टीन में आना शुरू कर दिया और क्योंकि जूस बहुत ज़्यादा थोड़े से रिच होते हैं तो उन्होंने वहाँ पर पेलस्टीन में आके जो वहाँ के जो पेलेस्टीन ऑलरेडी वहाँ पे जो लोग बसे हुए थे उनसे पैसों में जमीन ख़रीदना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे वहाँ पे उन्होंने एक जमीन के बगल में अलग दूसरी ज़मीन तो धीरे धीरे वहाँ पे जो ज्यूइस लोग थे उनकी सेटलमेंट बनना शुरू हो गई तो धीरे धीरे वो ग्रो करते गए और उन्होंने तीस साल में जो पहले जुइस वहाँ पर सिर्फ तीन थे तो तीस साल में वो तीन से बढ़कर तीस हो गए वहाँ पर उन्होंने वहाँ पे अपनी छोटी छोटी एनक्लेव्स बना ली और एनक्लेवस के बीच में अगर कोई पैलेस्टीनियन पर्सन था तो उसको वहाँ से निकाल दिया गया जैसे कि ये एक सर्कल में छोटी छोटी एनक्लेव ये सारी जूस एनक्लेव है अगर इसके बीच में कोई भी पेलस्टीनियन पर्सन की अगर लैंड है तो उसे जबरन ज़बरदस्ती बाहर निकाल के फेंक दिया करते थे और ये पूरा एरिया को अपने अपना ऊपर कब्जा मतलब अपने अपना कब्ज़ा लिया इन लोगों ने यहाँ पे तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ज़मीनें खरीदी और कुछ पेलस्टीन को वहीं से भगा दिया ज़मीन से तो इन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे अब यहाँ पे अपना कब्ज़ा करना शुरू कर दिया तो अब ये थर्टी परसेंट यहाँ पर अपने एरिया में ग्रो कर गए तो नाइनटीन ट्वेंटी में एक ब्रिटिश ने मैंडेट निकाला पैलस्टीन के लिए उस मैंनेडेट में क्या कहा गया ओटोमन अम्पायर का जो पार्ट था उन्होंने ओटोमन अम्पायर का यानी कि नाइनटीन में पहले uh, मैंडेट में जो ऑटोमन एम्पायर है उसका डिवीज़न हुआ उसका डिवीज़न क्या हुआ कि जो फ्रांस को मिला यूके को और रशिया को वो बहुत सारी स्पेस बहुत सारे रीजन मिले जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुके थे साइज पीको एग्रीमेंट में तो वही डिवीज़न दोबारा मिले जैसे कि ये एक मैंडेट निकाला था तो ये आज का इसराइल ये कंट्री है और ये है जॉर्डन तो पहले जॉर्डन और इसराइल को मर्ज करके एक ब्रिटिश ने मैंडेट निकाला था कि ये वाला जो होगा ये पैलेस्टीन मैंडेट होगा बाकी का जो आ, ये इराक है वो ब्रिटिश रख लेगा जो सीरिया है वो फ्रेंच रख लेगा जो लेबनान है वो भी फ्रेंच रख लेगा तो ये कुछ इस टाइप से मैंनेडेट था कि जो पूरा एरिया है वो उन्होंने आपस में डिवाइड कर लिया ये पूरा एरिया पहले बेसिकली ओटोमन एम्पायर में आता था लेकिन ओटोमन एम्पायर जब टूट गया पूरा बिखर गया तो इस इस पूरे रीजन का डिवीज़न हुआ और डिवीजन में बाकी अलग अलग कंट्री ने अपना अपना पार्टीशन ले लिया जो कि साइज पीको एग्रीमेंट में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था तो 1920 में इन्होंने अपनी अपनी कंट्री ने यहाँ पे अपना कब्जा शुरू कर दिया और इसराइल को इसराइल तो अभी बना भी नहीं था यहाँ पर पे, मतलब पैलेस्टीन पेलेस्टीन के पास ये वाला वाइट वाला एरिया आया तो ये ब्रिटिश मैंडेट में आया फलस्टीन को वाइट वाला एरिया इसी के बाद सेम ईयर में लीग ऑफ द नेशन बना रूस और पेलेटीनियन के बीच में तो इस वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रीजन बन चुका था तो लीग ऑफ द नेशन ने ये डिसाइड किया कि इसको उठा के यूके के पास दे दिया जाएगा यूके इस पर कंट्रोल करेगा तो नाइनटीन थर्टी में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ तो हिटलर ने काफ़ी टोर्चर किया जो इस पीपल के पीपल को ले और वो उन्होंने अल्टीमेटली मतलब फिर जो पीपल माइग्रेट कर रहे थे यूरोप से पेलस्तिन के लिए तो उन्होंने और ज़्यादा फास्ट हो गया ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा लोग यूरोप से पेलस्टीन आने लगे क्योंकि वो मार रहा था हिटलर उन्हें तो अपनी जान बचाने के लिए उन्हें पेलस्टीन से पेलस्टीन में आना पड़ा यूरोप से तो इस वजह से ये एक रीज़न रहा कि जूस लोग ज़्यादा पैलस्टीन की तरफ अट्रैक्ट हुए क्योंकि वहाँ पर उनकी जान को ख़तरा था हिटलर से नाइन फोटी फाइव में यूएनओ एन ओ इस्टबलिश हुआ यूनाइट नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नाइनटीन फोटी फाइव में इस्टेबल हुआ और नाइनटीन फोटी सेवन में यूके ने पेलेस्टीन वाला जो इतना भी मैटर है उसको उठा के यूएनओ में दे दिया तो जब इंग्लैंड ने यू UN, एन में सारा पेलेस्टीन वाला मैटर दे दिया तो यू ने उसको स्टैंड उसको उसको रिजल्ट निकाला कि जो पील कमीशन है एक पील कमीशन और स्टार्टिंग में बनी थी जो जिस पील कमीशन ने रिकमेंड किया था कि पूरे जो पेलस्टीन का रीज़न है ये जो पूरा पैलेस्टीन का रीजन है इसको डिवाइड कर देना चाहिए और डिवाइड ऐसे कर देना चाहिए जो फोर्टी फोर परसेंट है वो जीस को दे देना चाहिए और फिफ्टी अरब अरब आर, अरब को दे देना चाहिए मतलब पेलस्टीन को का होना चाहिए और वन जो कि जेरूसलम है वो येरूसलम एक रिलीजियस साइट है क्योंकि तीनों रिलीजन की तो यूएनओ ने वो तीनों साइट अपने वो यरूशलेम का जो साइट है वो अपने पास रखना चाहा तो फोर्टी फोर परसेंट और फिफ्टी फाइव परसेंट में दोनों में डिवीज़न हो गया तो ये नाइनटीन फोर्टी सेवन में इसके बाद क्या हुआ जो अभी तक पेलस्टीन इंग्लैंड के पास था उसने यूएनओ यु, में दे दिया यू एन ओ में पार्टी, आ, पार्टीशन हो गया तो नाइनटीन में इंग्लैंड वॉकआउट कर गया पूरे इ, इसराइल वाले रीजन से मतलब कि उस टाइम के वाले रीजन से वो पूरा वॉकआउट कर दिया अब जो कि मैटर है वो यूएनओ में रिजोल्व हो चुका है इंग्लैंड ऑफिशियली फोटी मई नाइनटीन फोर्टी एट को वहाँ से वॉकआउट कर गया अब इसराइल जैसे ही इंग्लैंड वहाँ से वॉकआउट किया तो इसराइल बिकम अ कंट्री मतलब कि नाइनटीन में इसराइल एक ऐसा कंट्री बन गया लेकिन इसराइल को कभी भी रिकॉगनेशन नहीं मिली अपनी नेबरिंग कंट्री से क्योंकि उसकी जो नेबरिंग कंट्री है वो इजराइल को नेबरिंग कंट्री सारी अरबियन कंट्रीज़ हैं और अरेबियन कंट्रीज़ कभी नहीं चाहते थे कि वहाँ पर एक ज्यूइश कंट्री स्टेबल हो तो इसी से कभी भी नेबरिंग कंट्री ने उन्हें ऐज़ आ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया तो इजराइल बेशक यहाँ पे कंट्री बन चुका था लेकिन उसने उसके नेबरिंग कंट्री ने उसे कभी भी ऐज़ आ कंट्री रिकोगनाइज़ नहीं किया तो ये कुछ पील कमीशन के अकॉर्डिंगली पार्टीशन था फोर्टी फोर परसेंट ये जूस को है जितना भी ये एरिया है वो जूस है बाकी का ये पर्पल एरिया अरब को दिया गया और ये वन परसेंट जो है वो ये जेरूशलम का एरिया यूशलम का इसको यूएनओ ने अपनी कस्टडी में रखा है यू एन में 1947 में जो पा, पार्टीशन के लिए उन्होंने एग्री किया था तो वो ये पील कमीशन के अकॉर्डिंगली ऐसा डिवीज़न था 1948 में फर्स्ट इसराइल अरब वॉर हुआ अब इसराइल एक नया कंट्री बन चुका था 1948 में ही इसराइल एक नया कंट्री बना था अब क्योंकि बा बाकी के नेबरिंग कंट्री उस कंट्री से खुश नहीं थे तो छह कंट्रीज़ ने मिलकर इजिप्ट, इजिट्ट इजिट लेबिया सऊदी अरेबिया जॉर्डन लेबननन इन सब ने मिलकर इजिप्ट इसराइल पर अटैक कर दिया इसराइल अभी अभी एक नया कंट्री बनाए तो उन्होंने जस्ट अपनी पहली वॉर लड़ी और इसराइल ने पहली वॉर जब लड़ी तो एट्टी परसेंट और एरिया वहाँ पे उसने इसराइल ने हथियार लिया और अपनी टेरिटरी उसने बढ़ा ली इस वॉर में जो तो गाजा स्ट्रिप है उस पर कब्ज़ा इजिप्ट ने कर लिया और वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा जॉर्डन ने कर लिया तो ये पूरे छः कंट्रीज़ ने मिलकर उस पर अटैक किया और इजिप्ट इसराइल का ये हिस्सा चला गया जो तो गाजर स्ट्रिप है इज, इजिप्ट को चली गई और वेस्ट बैंक वाला जो रीज़न है वो जॉर्डन को चला गया गाज़ा स्ट्रिप यहाँ पे एक पतली सी स्ट्रिप है जो कि एक अगले मैप में दिखाने दिखाए हाँ ये जो गाजा स्ट्रिप है ये वाला रीज़न और ये पूरा वेस्ट बैंक का एक्चुअली ये पेलेसटीन वाला रीजन है यहाँ पे दोनों पेलेस्टीन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ये वाइट वाला रीजन इज़राइल का है तो इसराइल ने यह दोनों एरिया को दे दिया मतलब खो दिया युद्ध में हार लिया और इजिप्ट ने यहाँ से ये इजिप्ट कंट्री है इजिप्ट ने इस गाजा स्ट्रिप पर अपना कब्जा कर लिया और ये बगल से जॉर्डन है जॉर्डन ने इस वेस्ट बैंक पर अपना कब्जा कर लिया के 1956 में हुआ था टॉपिक है इसमें इंक्लूडेड है नहीं इसमें क्या था कि जो इसराइल इजिप्ट और इज, इज, ये इजिप्ट के बीच में एक कैनाल है ये कैनाल मेडिटेन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है और ये पूरा एक वर्ल्ड का shortest यहाँ पर create होता है तो जब इजिप्ट ने इस कैनल को nationalize किया गया था तब तो उसने announce किया था कि इसराइल अपनी शिप को यहाँ से pass नहीं कर सकता है तो इसी के अंगेंस्ट इसराइल ने वहाँ पर वॉर किया इजिप्ट के साथ एक छोटा सा वॉर हुआ जिसमें अल्टीमेटली इजिप्ट जीत गया था और बाद में इजिप्ट सॉरी अल्टीमेटली इसराइल जीत गया था बाद में इजरिप्ट इजिप्ट एग्री हुआ कि इसराइल अपनी यहाँ से शिप्स को पास कर सकता है इस शुज़ कैनाल तो ये तो छोटा सा मतलब ऑफ ऑफ टॉपिक वॉर था लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट वॉर था इजिप्ट ने इसराइल ने जो लड़ा था इसके बाद नाइनटीन सिक्सटी सेवन में करीब नौ साल बाद ही मतलब ग्यारह साल बाद ही एक सिक्स डे वॉर बहुत फेमस वॉर है, है तो इसराइल इजिट जॉर्डन मतलब इसराइल और इजिप्ट जॉर्डन के बीच में एक सिक्स डे वॉर हुआ सिक्स डे व्री एमटिव वॉर था प्री एम्टिव व इजिट इसराइल पर अटैक करना चाहता था ये इजिप्ट है पूरा इजिप्ट आज... इसराइल पर अटैक करना चाहता था उसके अटैक करने से पहले ही इसराइल ने उसके ऊपर अटैक कर दिया तो दुश्मन के अटैक करने से पहले ही अगर उस पर अटैक कर दें तो वो प्री एम बोर कहलाता है तो एक प्री एम बोर था तो इसराइल ने जो गाजा स्ट्रिप यहाँ पर जो गाजा स्ट्रिप इजिप्ट नेक्यूपाई किया था वो वापस ले लिया इसके बाद इसने एक सनाई पेनंसुला वाला जो सीनाई पेनंसुला है ये ये वाला इजिप्ट का रीजन है ये पूरा इतना बड़ा रीज़न भी इजिप्ट का रीजन इसराइल ने हथियार लिया था और वेस्ट बैंक इंक्लूडिंग ईस्ट जेरोसलम जॉर्डन से ये पूरा वेस्ट बैंक वेस्ट बैंक वाला रीजन यहाँ से जोर्डन से ले लिया था और सीरिया से गोल्डन हाइट वाला यहाँ पर गोल्डन की पहाड़ियाँ हैं तो ये गोलन हाइट वाला रीजन यहाँ से ले लिया था तो मतलब उसमें काफ़ी ज्यादा एरिया ले लिया था सिक्स डे वॉर में और उसने अपना टोटल एरिया जो है वो ट्रिपल कर दिया था इस डे वॉर में तो यहाँ पे इज़राइल को काफी बड़ी विक्ट्री मिली थी अब डे वॉर के रिजल्ट में इजिप्ट ने एक ये इजिप्ट है इजिप्ट ने दोबारा इसराइल पर अटैक किया नाइनटीन में एक फेमस वॉर है यौंगमपुर वॉर यौंगमपुर बेसिकली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो इस कल्चर में तो जिस दिन इसराइल में ये जो किम यौकम्पुर ये फेस्टिवल बनाया जा रहा था उसी सेम डे पर इजिप्ट ने बहुत सीक्रेटली तरीके से इसराइल पर अटैक कर दिया था उस सिक्स डे वॉर के अगेंस्ट में उसका वो रिस्पांस के जो उसने सिनाई पेनंसुला यहाँ पर पे जीत लिया था इसराइल ने तो इजिप्ट अपना सनाई पेनन्सुला दोबारा चाहता है तो इसी लिए वहाँ पर डे वॉर हुआ और इसमें भी सिक्स डे वॉर में भी, भी इज़राइल जीत गया और इजिप्ट हार गया तो इसी के बाद 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ ये अकॉर्ड क्या कहता है कि इस इस अकॉर्ड के अंतर्गत इज़राइल ने जो सिनाई पेनसुला इजिप्ट से हथियाया था वो उसको दोबारा वापस कर देगा इसके बदले इजिप्ट इसराइल को एज आ कंट्री रिकोगनाइज़ करेगा तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कैम्प डेविड अकॉर्ड्स के अंदर एक एग्रीमेंट हो गया कि इजिप्ट अब इज़राइल को एज ए कंट्री रिकोगनाइज करेगा इसके बाद एक 1982 में एक लेबनान वॉर होता है लेबनान वॉर क्या होता है कि जो पैल जो पैलस्टीन इज़राइल की टेरिटरी के अंदर रहते हैं उन्होंने लेबनन कंट्री से लेबनन ये लेबननन कंट्री है ये लेबनन कंट्री, कंट्री है यहाँ से इसराइल का बॉर्डर लगता है तो लेबनान के थ्रू इन्होंने इसराइल पर अटैक किया जो इसराइल के अंदर जो लोग रहते हैं उन्होंने इसराइल पे ही अटैक किया तो इसके फिर इसी के रिस्पॉन्स में इसराइल ने दोबारा लेबनान पर अटैक किया तो ये काफ़ी क्रूशियल अटैक था यहाँ पे काफ़ी सिविलियंस ने अपनी जान खोई थी लेकिन फिर भी इसमें भी इसराइल ये वॉर जीत गया तो यहाँ पे लगातार इसराइल ने लगभग लगभग पांच और लड़ी और पांचों की पांचों वोर जीत चुका था अब यहाँ पे मिडिल ईस्ट में ये बहुत स्ट्रांग तो कंट्री बन चुका था अब ये स्ट्रांग कंट्री बन चुका था इसके बाद कोई भी बड़ी कंट्री ने इसके ऊपर अटैक नहीं किया था तो अब ये जो एक्सटर्नल मैटर है इसने अपने पूरे सॉटेड uh, किया सेटल डाउन किया अब धीरे धीरे कंट्री इसको मानने लगी एज ए कंट्री इसके बाद ने ए कंट्री ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया था कंट्री इजिप्ट तो पहले कर ही चुका था तो आस पड़ोस में और भी जो कंट्रीज़ हैं वो उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया लेकिन जो अरब कंट्री हैं वो उसको आज भी रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं इजराइल को ऐज आ कंट्री तो ये इजराइल के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था लेकिन फिर भी इसराइल एग्जिस्ट किया इसके बाद इसकी कंट्री में काफ़ी अनस्टेबिलिटी आ गई जराइल दो हिस्सों में बढ़ चुका था एक हिस्सा जो जूस का जूस लोग थे उसके अंदर रहते थे और इसके बाद एक हिस्सा जहाँ पर पलस्तिन लोग रहते थे दोनों ही चाहते थे कि वो जो उनके आ, आ, सामने वाला हिस्सा है जैसे कि पलस्तिन लोग चाहते थे इसराइल वाला हिस्सा पूरा उनका बन जाए लेकिन इसराइल वाले चाहते थे पलस्तिन वाला हिस्सा भी फलस्तीन का भी हिस्सा वो उनके में शामिल हो जाए तो इसीलिए उनके बीच में कभी भी पीस रहा नहीं तो 1987 में फ़र्स्ट इंतफा हुआ इंतदा मतलब कि एक रेवोल्यूशन हुआ पेलस्टीन लोगों की तरफ से जिसमें वो चाहते थे कि जो इसराइल की टेरिटरी है वो हमारी टेरिटरी हो मतलब वो इसराइल को मानते ही नहीं थे कि मतलब इसराइल कोई एग्जिस्ट करता है वो पेलस्टीन का ही पूरा रीज़न है पेलस्टाइन तो ये पूरा पेलस्टीन का रीज़न होना चाहिए था तो इसी इस फर्स्ट इंतफा में एक पी बनी यानी कि पेलस्टीन लिब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन इस पेलेटीन लिब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन का काम का ये था कि वो चाहते थे कि जो पेलेटीन है वो पॉलिटिकली तरीके से इसराइल को मनाए कि पैलस्टाइन एक एजा कंट्री है ये लेकिन इनकी पूरी मेन आइडियोलॉजी ये थी पीएलओ की पेलेटीन लिब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन की कि ये बहुत सारा काम पीसफुली चाहते थे और बहुत पोलिटिकल वे में चाहते थे तो इनके बहुत बड़े लीडर थे वो थे यासिर अराफात तो यासर अराफात जिनको नोबल पीस प्राइज़ भी मिला है यासर अराफात को तो ये इनके लीडर थे तो ये मतलब चाहते थे कि बहुत पीसफुली ये चीज़ें एक्वायर करें फलस्टीन को लेके लेकिन वहीं पे इन लोगों में से ही एक ग्रुप था ना, उसका हमास हमास एक लोगों का नाइनटीन एटी 1988 में आ, सामने आया था लोगों के सामने लेकिन वो इस पी से इनकी डिफरेंट आइडियालॉजी थी वो समझते थे कि ये पीसफुली कुछ काम नहीं हो सकता हमें वायलेंस ही करना पड़ेगा अगर हमें पेलेस्टीन को एज अ कंट्री बनाना है तो तो इनका काम था ये वोलेंस के तौर पर ही ये अपने पैलेटीन को दोबारा लेना चाहते थे बाद में कुछ कंट्रीज़ ने हमास को टेरिस्ट ग्रुप घोषित किया तो आज हमास को टेररिस्ट ग्रुप काफ़ी मांगते हैं तो नाइन्टीन नाइन्टी थ्री में फर्स्टा है, है वो खत्म हुआ नेक्स्ट नाइनटीन नाइन्टी थ्री में एक औसलो एकॉर्ड हुआ औसलो एकॉर्ड क्या हुआ एक इन दोनों ये हैं इसराइल के पीएम और ये यासिर अराफात जो कि पीएलओ के प्रेसिडेंट हैं इन दोनों के बीच में एक पीस एग्रीमेंट हुआ इस पीस एग्रीमेंट जो अगले पाँच साल तक के लिए पीस एग्रीमेंट था इन दोनों ने एक दूसरे के स्टेट को रिकॉग्नाइज किया तो ये जो फेमस इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ उसे ओसलो एकोट कहते हैं औसलो एकोट इसलिए कहते हैं क्योंकि तो इनके बीच में जो नेगोशिएशन हुआ था वो हुआ था औसलो नॉर्वे में नॉर्वे की कैपिटल है ओसलो तो ओसलो में इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन हुआ था बाद में तब के नाइनटीन नाइन्टी के टाइम के जो यू प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन इन दोनों के बीच में इन्होंने एग्रीमेंट करवाया और वह एग्रीमेंट का नाम हुआ औसलो एकोर्ट एग्रीमेंट हुआ था वॉशिंगटन डी में तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ था वाशिंगटन डीसी में लेकिन इसका सेटलमेंट जो हुआ था नेगोशिएशन हुआ था वो हुआ था ओस्लो में तो इसीलिए ओस्लो एकॉर्ड कहा गया 1993 में इसके तहत इन ये दोनों इस चीज़ पे एग्री हुए कि अगले पाँच साल के लिए यहाँ पे पीस बना रहेगा और पेलेस्तन जो पैलेस्टाइन है इसराइल को एज आ कंट्री मानेगा और इसराइल भी पेलेस्टाइन को एज आ कंट्री मानेगा तो इन दोनों के बीच में ये सेटलमेंट हुआ लेकिन बाद में ये सेटलमेंट चला नहीं लेकिन ईयर टू थाउजेंड में जब कैम्प डेविड दूसरा कैम्प डेविड सेकेंड ए की बहुत इम्पोर्टेंट पीस टॉक थी दोनों ही पार्टियों के बीच में ये फेल हो गए कोई भी पार्टी आ गई पीस के लिए एग्री नहीं था वहां पर अब फिर वही सिचुएशन क्रिएट हो गई और वही यही हुआ कि ईयर 2000 में सेकेंड इंतदा इस्टार्टेड हुआ सेकेंड इंतदा क्या हुआ कि यहूद बराक जब उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे इसराइल के तो अहद बरात ने क्या किया जो तो टेंपल माउंट वाली साइट है वहाँ पर 1000 सिक्योरिटी गार्ड को लेकर चले गए वहाँ पर इस चीज़ को देख के वहाँ पर 1000 सिक्योरिटी गार्ड आई है इस चीज़ को लेकर जो पैलेस्टीन लोग हैं वहाँ पर काफ़ी वॉयेंट हो गए और वहाँ पर एक हिंसा क्रिएट हो गई टेम्पल माउंट की आ, एरिया में क्योंकि टेम्पल माउंट दोनों ही धर्म के लिए काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है तो इसी लिए दोनों ही धर्म के बीच में काफ़ी हिंसा हो गई ये जो वॉयलेंट है ये जो वॉयलेंस हुआ ये फर्स्ट इंतफा से भी ज़्यादा वॉयलेंट था ये वॉयलेंस इसमें करीब 1000 थाउजेंड मारे गए और 3200 सौ मारे गए पूरे शहर में इन्होंने बॉम्बिंग किया और जगह जगह बॉम फोड़े बसेज में बॉम फोड़े बाकी के पब्लिक प्लेसेस में उन्होंने बॉम्ब फोड़े तो मतलब काफ़ी अगले पाँच साल तक यहाँ पर अनस्टेबिलिटी बनी रही और वॉयलेंस होता रहा पाँच साल तक सो 2005 में ये सेकेंड इंतफा ख़त्म हुआ तो लेकिन इस पाँच साल में काफ़ी टेंशन बना रहा था पूरे एरिया में काफ़ी दंगे होते रहे काफ़ी मतलब बॉम्बस फोड़े गए थे पब्लिक एरिया में काफ़ी लोग मारे गए थे इसके बाद आफ्टर टू टू थाउजेंड फाइव दो के बाद ये कभी भी इस इंसिडेंट के बाद ये कभी भी दोनों पार्टी कभी भी एग्री नहीं हुई पहले एक चांसेस रहते थे कि दोनों पार्टी कहीं ना कहीं आके एक कन्फ्यूजन सॉल्यूशन निकलेगा लेकिन बाद में 2005 के बाद हमास एक मेन रूलिंग पार्टी बन चुका था गाजा स्ट्रिप वाले रीजन में हमास कभी नहीं चाहता था कि दोनों के बीच में आ, हो ना ही इसराइल की तरफ से ये कोशिश थी कि दोनों के बीच में सेटलमेंट हो अब दोनों चाहते थे कि मैटर सॉल्व हो सकता है कि अब दोनों कभी भी आपस में मर्ज होने की बात कर ही नहीं रखते थे काफ़ी Uh, काफ़ी अनस्टेबिलिटी आ गई थी दोनों के uh, व्यवहार में तो ये सिचुएशन आज भी एग्जैक्टली exactly बनी हुई है दोनों ही चाहते हैं कि एक दूसरे का रीज़न उनके में शामिल हो पैलेस्टाइन चाहता है कि उनकी एक नई कंट्री बने इसराइल चाहता है कि पैलेस्टाइन की कोई कंट्री नहीं होनी चाहिए इसराइल उन... पैलेस्टाइन पेलेस्टाइन का ही एक हिस्सा है प्लस ये दोनों क्लेम करते हैं येरूशलम वाले एरिया परूशलम का जो एरिया है वो काफ़ी रिलीजियस एरिया है और दोनों ही पैलेस्टाइन ने और इसराइल ने दोनों ही येरूशलम को अपनी कैपिटल घोषित कर रखा है लेकिन वर्ल्ड में येरूशलम को एज इसराइल की कैपिटल नहीं माना जाता है तेलावीव तेलावीव एक सिटी है इसराइल में तो तेलावीव को ही यहाँ पे इंटरनेशनली माना जाता है कि इसराइल की कैपिटल है लेकिन इसराइल कहता है कि जब इस आ, जब पेलस्टीन जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तो हम येशलम को अपनी कैपिटल बनाएंगे वहीं यूशलम ये कहता है सॉरी जब पेलस्टीन ये कहता है कि जब इसराइल पे हम कौन कर लेंगे येशलम को अपना अपने हिस्से में कर लेंगे तो पेलस्टाइन जब एज ए कंट्री बन जाएगा तो यूशलम हमारा एक कैपिटल सिटी के तौर पर हम रूशलम को बनाएंगे तो दोनों के बीच में इसी चीज़ को लेकर कंफ्लिक रहता है दोनों चाहते हैं कि उनके उनको जगह मिले अब दोनों के अपने अपने अलग अलग वैलिड पॉइंट्स हैं पूरी दुनिया में सभी धर्मों के लिए उनकी एक नेशनल कंट्री है जैसे कि फ्रांस फ्रेंच लोग फ्रेंच जो बोलते हैं वहाँ पर उनके उनके लिए एक नई कंट्री फ्रांस बनाई गई जर्मन जो बोलते हैं उनके लिए नई कंट्री जर्मनी बनाई गई वैसे ही के लिए इटली बनाई गई तो उस टाइम पर जो चाहते थे कि हमारे लिए भी एक कंट्री बने और उन्होंने फिर होम ग्राउंड चुनना चाहा अपना जहाँ पर उनका रिलीजन स्टार्ट हुआ था वहीं ऑलरेडी पेलास्टाइन वहीं पे ऑलरेडी बसे हुए थे और जब जुइस आए तो उन्होंने पेलास्टाइन लोगों को फिलिस्तीनी लोगों को वहाँ से, सेपरेट कर दिया वहाँ से हटा दिया तो फिलिस्तीन चाहते हैं कि ये ऑलरेडी उन्हीं की एक जमीन थी जो फिर बाद में जूस आ गए तो दोनों के बीच में इसी चीज़ को लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता है और ये कॉन्फ्लिक्ट आज भी वैसा का वैसा ही है दोनों ही उस एरिया पर अपने अपने क्लेम करते हैं और दोनों के कहीं ना कहीं क्लेम किसी पॉइंट तक किसी एक एक पॉइंट तक दोनों के क्लेम वैलिड भी हैं वहीं पर हमास एक एजा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया के सामने आता है वो ज़्यादातर रॉकेट लॉन्च कर देता है इज़राइल के ऊपर जब भी उनके वॉर होते हैं तो इस पूरे वॉर में दोनों ही तरफ से सिविलियंस की जान जाती है जो कि एक सही नहीं है सिविलियंस की जान नहीं जानी चाहिए दो कंट्रीज़ के वॉर में इस वजह से काफ़ी ये टेंस एरिया बना रहता है क्योंकि इसका पॉलिटिकल ग्राउंड कुछ ऐसा है जो ये वाइट वाला रीजन है ये इसराइल का रीज़न है जो आज का इसराइल है और बाकी का ये वाला जो ये वेस्ट बैंक वाला रीज़न है ये है फिलिस्तीनियों का रीज़न और यहाँ पर दोनों के बीच में सेंटर पे युशलम सिटी लाई करती है येशलम का वेस्टर्न पार्ट अभी इसराइल के पास है और ईस्टर्न पार्ट वेस्ट बैंक के पास है इसराइल ईस्टर्न पार्ट पे भी कब्जा करना चाहता है येशलम के और पहले जो फ़लस्तनी वो इस चीज़ के अंग्रेज टाइप वो अपना एक नई कंट्री डिमांड करते हैं तो ये था पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट कि क्या वहाँ पे इतने वॉर क्यों रहते हैं इतना वहाँ पर अनस्टेबल रीज़न क्यों रहता है तो ये कुछ उनका हिस्ट्री हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसकी वजह से यहाँ पे सारी कंडीशन पैदा हुई आई होप आप सभी को समझ में आया होगा थैंक यू